हमारी वीडियो को अपलोडने में क्या समस्या आ रही है सर और हम जो चढ़ाते हैं जो भी अपलोड करते हैं वही रोक देते हैं डुप्लीकेशन में नहीं कर रहे अलग अलग अपनी बना रहे हैं हम फिर भी हम हम अलग से वीडियो बनाते हैं उसे अपलोड करते हैं फिर भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं सोना जा रहा है ना कोई लाइक करता है ना कोई सब्सक्राइब करता है और दूसरी बात चलो वो तो छोड़ जाए हमारी वीडियो तीन चार, मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ पर लेकिन आज सुबह भी मैंने अपलोड की थी पर लेकिन कोई नहीं सुनता ये यूट्यूब वाले भी खुद बंद कर देते हैं धन्यवाद